हेलो दोस्तों मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल दोस्तों आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ मैं बातचीत करने जा रहा हूं एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सेल वीवी वी माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है पहले चीज़ को जान लीजिए अगर आपको किसी तरह का ऑटोमेशन करना है एक्सेल के अंदर जैसे कि कोई रिपोर्ट आप बना रहे हैं उस रिपोर्ट को आप चाहते हैं कि आप ना बनाएँ एक बटन पे क्लिक करते ही अपने आप बन जाए चाहे वो इस रिपोर्ट को बनाने में घंटों क्यों ना लग रहा हो वी वी प्रोग्रामिंग में अगर आप प्रोग्राम कर देते हैं तो उस माइक्रो को विथ इन सेकेंड में बनाया जा सकता है तो आप अपने रिप्रेड जॉब को वी वी प्रोग्रामिंग के ज़रिए ऑटोमेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे लेंदी काम जो मैनअल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है उसको भी वी प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजीली सॉल्व कर देता है एक ऑटोमेशन टूल्स के ज़रिए तो वी प्रोग्रामिंग एक कोडिंग होता है क्योंकि वी वी से मिलता जुलता होता है लेकिन वी की तरह बिल्कुल नहीं होता है तो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे सीखें इसके लिए दो तरह की चीज़ें हैं एक तो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो कि जूम ऐप के थ्रू लाइव वन टू वन ली जाती है जिसके लिए आपी इंडिया डॉट कॉम पर जाएं और डेमो क्लास बुक करके हमारे साथ दो तीन डेमो क्लास ले सकते हैं दूसरा जो हमारा है वो है रिकॉर्ड सेशन रिकॉर्डेड सेशन के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा Excel MIS training एस हाँ, Excel MIS training एक्सल एम आई एस ट्रेनिंग और एक्सएल एम आई एस ट्रेनिंग में जब आएंगे तो ये देखिए मेरा आई पी टी का लोगों वाला ऐप दिखेगा इस ऐप को डाउनलोड करेंगे इस ऐप को सिस्टम पर भी प्ले कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल पर भी प्ले कर सकते हैं सिस्टम पर प्ले करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है ऐप लॉग करना ऐप डॉट आई पी डॉट जी हाँ आई पी, पी जहाँ मेरे यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करके जा सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा इसमें एक है आपका चैट फेसिलिटी फ्री स्टडी मटेरियल्स और इस्टोर में मेरे कोर्सेज हैं चैट में जैसे कि कुछ सीखते समय कुछ काम करते समय कोई प्रॉब्लम हो गया देखिए सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं मेरे डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और दूसरा जब स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, तो मेरे कोर्सेज ले सकते हैं जो कि मैं बात कर रहा हूँ एक्सल वीवीए वी माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में जी हाँ एक्सएल वीवीए वी, वी, वी पावर प्रोग्रामिंग फॉर रिपोर्ट ऑटोमेशंस इसके जरिए आप जो है ऑटो पायलट जस्ट क्लिक एंड क्लिक बटन क्रिएट रिपोर्ट वाले सिस्टम कर सकते हैं इसकी इसमें जो है टोटल आपको वन जीरो सेवन वीडियो जो कि तकरीबन सिक्सटी फाइव आवर्स के आसपास होता है उसमें आप परचेज कर सकते ले सकते हैं और इसके सीक्वेंस में सारा आएगा जैसे कंटेंट में गए तो ये देखिए पहला प्रोग्रामिंग में एट्टी फाइव वीडियोज़ ऑटोमेशन में नाइन्टी वीडियो मिलेंगे और ये आपका चार घंटे घंटे की वीडियोज़ प्रिपरेशन के लिए है तो सारे ऐसे नहीं कि वीडियोस किस क्वांटिटी में है इसकी साइज़ भी देखिए फिफ्टी मिनट 57 मिनट एक घंटे से ऊपर का तो इसमें आपको लॉन्ग वीडियोस भी मिलेंगे और लॉन्ग वीडियोस मोस्टली हमारा जो है माने की आ, 40 मिनट के आसपास वीडियोस दिखेगी आपको कुछ छोटे भी है और कुछ बड़े भी हैं तो ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं तो फटाफट मेरी एप को डाउनलोड करें और कोर्स को परचेंज करें और अगर आपको डिस्काउंट कूपन चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए अगर मेरे पास डिस्काउंट कूपन होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आपको बहुत ही कम पे करना पड़ेगा तो फटाफट मेरा वेबसाइट लॉगिंग कीजिए मेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैंने अपने ऐप आप का लिंक दे रखा है ऐप प्ले स्टोर पर भी है और आयोस पर भी है तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए थैंक यू हां mm.